दोस्तों इंडिया में जुगाड़ों की कमी नहीं है कुछ इसी तरह आज तक का सबसे बड़ा और सबसे बहादुर जुगाड़ हमें देखने को मिला दोस्तों ये होममेड हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था जिसे कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले मुन्ना ने बनाया था दोस्तों हेलीकॉप्टर चल तो जाता है लेकिन उड़ते ही टाइम प्लेन का फेन टूट जाता है और वही पर मुन्ना की भयानक तरह से मौत हो जाती है दोस्तों आठवीं फेल होने के बावजूद कुछ बड़ा कर दिखाने वाले इंडियन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है थैंक्स फॉर वॉचिंग